हम पाकिस्तान की बात करें तो हम अमेरिका में जाकर प्रेसिडेंट की सीट पर क्यों नहीं बैठ सकते हम लोग आवाम आपका मतलब है पाकिस्तान की पाकिस्तान की की में से कोई प्रेसिडेंट सीट पर जाकर क्यों नहीं बैठ सकता वहाँ पे बस पाकिस्तानियों को वहाँ पे सलाई ही नहीं समझते तो कैसे बैठेंगे वहाँ के जाके सीट पर मसलन पाकिस्तानियों को तो वो नो थर्ड कंट्री का वो शहरी समझते हैं तो प्रेजिडेंट तो दूर की बात मेरे ख्याल उनको पासपोर्ट वहाँ का मिल जाए वो बड़ी बात है तो President तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ इंडियन पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉ है दूसरे कंट्रीज के पासपोर्ट बहुत जैसे अभी ब्रिटिश में देखें जो उनका भी नया प्राइम मिनिस्टर बना है वो इंडियन बॉन है ना और वो है भी लेकिन वो ब्रिटिश में है क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की इज्जत है क्योंकि उनके मुल्क की इज्जत है ना ये बड़ी अच्छी बात कही आप हमारे तो बेचारे मुल्क इज्जत नहीं उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू क्या है हमारी वैल्यू तो उनकी नजरों में भीख मांगने वालों से ज्यादा तो है और